सो हेलो एवरीबॉडी कहते हैं आप सब आईओ अच्छे होंगे मैं के संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दुहाई का स्टेशन जिस पर चलेगी रैपिड रेल 180 किलोमीटर की रफ्तार से तो आपको बता दूं कि ये दुहाई का जो इस्टेशन है इस पर फाइनल स्टेज पर ही इसका जो स्टेशन है वो फाइनल स्टेज पे ही है तो अभी देख सकते हो यहाँ पर जो एंट्री और एग्ज़िट बनाने का वर्क चल रहा है ये लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे तो पहले ही बन चुका था लेकिन लेफ्ट हैंड पे अब बनाया जा रहा है तो इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और आपको बता दी इसके ऊपर ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और ट्रैक पहलेब पहले, पहले ट्रैक स्लेब को बिछाया जाएगा फिर उसके बाद में ट्रैक डाला जाएगा और उसके ऊपर जो तीन साइड है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको अभी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 और ऐसे ही वीडियोस के पी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड में देखो स्टेयर बनाने का काम चल रहा है एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाने का वर्क चल रहा है देख सकते हो वो सेटिंग लगी हुई है वो राइट हैंड का है और इधर लेफ्ट हैंड का तो आपको बता दूँ कि मार्च में ये सन दो के मार्च में, के मार्च में इस पर रेपिड रेल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी इस पर चला दी जाएगी तस्वीर तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड में ही अभी कंस्ट्रक्शन वर्क तेज़ी के साथ में चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो देख सकते हो ये जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं क्योंकि इसके ऊपर का जो तीन साइड का टीन साइड का जो वो क्या नाम है जाल है वो बनाया जा रहा फिर इसके बाद में सन रूप इस पर डाला जाएगा दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इसका राइट वाला जो ट्रैक है वो पहले ही कंप्लीट हो गया था क्योंकि वो लॉन्चर द्वारा बनाया गया है और इधर लेफ़्ट वाला है इस पर घाटा लॉन्चिंग की गई थी तो इस पर फ्लोरिंग का फ्लोरिंग का भी काम चल रहा तो फ्लोरिंग हो चुकी है या फिर इसकी जो सेटिंग है वो खोली जा रही है दोस्तों इसकी जो सेटिंग है वो खोल दी जा रही है तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही टीन सेड बनते ही इस पर सन पड़ते ही फिर इसका काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो देख सकते हैं आपको हर जगह बरकर देखने के लिए मिलेंगे और इसका ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है दोनों साइड में तो उसी का ये वर्क कंस्टेंशन वर्क चल रहा देख सकते हो वो मिस्त्री लगे हुए हैं इसकी पहले तो इसमें ये नालियाँ बनाई जा रही हैं दोनों साइडों में पानी निकलने के लिए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 देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हैं ये यहाँ से दो लाइनें हो जाती हैं एक तो दुहाई डिपो के अंदर चली जाती है दूसरी मेरठ के लिए निकल जाती है यानी कि मुरादनगर मोदी नगर मेरठ साउथ होते हुए ये मेरठ के लास्ट में मोदीपुरम में जाके इसका एंड हो जाता है दोस्तों तो वहाँ पर भी आप लोगों को अब वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी टाइम के बाद में अब आर के सारे वीडियोज़ आप लोगों के बीच में आते रहेंगे कंटिन्यू दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा तो देख सकते हैं ये ट्रक में आए हैं इसके ट्रैक के स्लेब पहले ये ऊपर डाले जा रहे हैं फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा तो जैसे जैसे ये स्लेब ऊपर ऊपर पहुंचा रहे हैं उसी तरीके से फिर इस पे ट्रैक बिछाना स्टार्ट हो जाएगा तो वो आप लोगों को अभी दिखाते हैं कि इस ट्रक से उठा कर और किस तरीके से मशीन ऊपर ले जाती है इस ट्रैक को स्लेब को देख सकते हो तो ये दो दो स्लेब उठा रही है मशीन देख सकते हो ये क्रेन मशीन दो दो स्लैब्स को ऊपर ले जा रही है यानी कि पेल प्लेटफॉर्म लेवल के लिए तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें खराब लगा हो फिर भी कमेंट करें तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता ही है पता है ना तेईस हज़ार सात सौ बहत्तर करोड़ की लागत से ये मेट्रो रूट बनाया जा रहा है बयासी किलोमीटर का इस पर रूट है दोस्तों बयासी किलोमीटर का पूरा रूट है ये और इस पर जो इसकी डेडलाइन है वो है दो हज़ार पच्चीस लेकिन जो सत्रह किलोमीटर का पार्ट है हमारे गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेकर और दोहाई तक ये सत्रह किलो किलोमीटर का पार्ट है प्रियोरिटी सेक्शन इस पर इसी मार्च में अब रैपिड रेल चलाई जाएगी जो कि चलाई जाएगी एक सौ साठ की स्पीड से फ़िलहाल तो इतने से ही चलेगी तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर तो देख सकते हो कि दोनों साइडों में ही अभी ये ट्रैक ट्रैक स्लेब और इसका ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का वर्क चल रहा है यानी कि स्टेयर बनाए जाएंगे, फिर उस पर एक्सीटर लगाए जाएंगे और उसका सनरूप भी बनाया जाएगा यानी कि बॉक वे से बोलते बॉक वे बनाया जाएगा दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों देख सकते हो क्योंकि मैंने दोनों साइड का आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके दिखाया है कि ऊपर तो मेरे पास ड्रोन है नहीं जो मैं आप लोगों को ऊपर का दिखा सकूं तो यही बस प्रॉब्लम है लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ड्रोन भी मैं ले कर आऊँगा और आप लोगों के बीच में फ्लाई करके दिखाऊँगा दोस्तों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर पाऊँगा दोस्तों मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करो तो चलिए लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वैलाइन बजाते सब्सक्राइब हो जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय